आज एवरी मिनट पर बोल तो आ नोकटे अरे मुंह में छुपा दे अरे चले वन ओए साथ में गाड़ी जा ले अरे अरे अरे फोटो मुझे लांग अरे अरे पीछे सर सर को आओ। दो मिन सर सर इधर इधर करो आ, ने, ने, ने, ने, ने, ने, ने। ले, ले ले ले देख में ना से पीछे की गाड़ी को दूसरा नंबर वाला दबांगे सारे बच्चे यह फ्लोरी भटिंडा रामा मंडी का है इसका मालिक पैसा बराबर नहीं देता ये ऑपरेटर को बुला के काम करवा लेता है और, और ये बंदे का पैसा नहीं देता काम निकाल लेता है अपना और बोलता है घर चले जाओ और बाद में पेमेंट डाल देंगे फिर दो तीन महीने बीत जाता है तो भी पैसे नहीं देता यह बटिंडा का मालिक है रविंदर नाम है रविंदर सरदार है ये ऑपरेटर को पैसा खा लेता है और पेमेंट नहीं देता है भाई लोग आपसे गुजारिश है इस मशीन पे कोई मत आना Oh my god